दिल और दिमाग में आज हुई लड़ाई है न जाने कौन सी बात आज फिर यहाँ लाई है सोचता हूँ कि कहीं शांत कर मन को सोचता हूँ कि कहीं शांत कर मन को बस यही कहीं मैं सो जाऊँ जो पूछे कोई हाल मेरा बिन कुछ कहे मैं रो जाऊँ दिखते नहीं जख्म लेकिन बातें कुछ चुप जाती है बिन सोचे बिन पूछे आंखें मेरी रो आती है कहने को आजाद हूँ मैं कहने को आजाद हूँ मैं बंदिशों की कैद में न जाने छुपी है कितनी कहानियाँ अनकहे किसी भेद में शब्द कोस सा मन मेरा बरा है कड़वी यादों से जो टूट गए सपने मेरे उन झूठे फरेबी वादों से जो जबरन खुद को यूँ दफना सा रोज देता हूँ कुछ राज आज भी अनकहे हैं जिन्हें हर रोज़ मैं पढ़ लेता हूँ कभी सोचता हूँ कि यादों को कहीं दफन सा कर आऊँ कभी सोचता हूँ कि यादों को कहीं दफन सा कर आऊँ जो भरा जख्मों से आंगन है उसको खुशियों से भर भराऊँ झूठी मुस्कान में कहीं कभी घुट न जाऊँ मैं झूठी मुस्कान में कहीं कभी घुट न जाऊँ मैं ये झूठी हसरतों में कहीं बिन कहे मर न जाऊं मैं